में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आप लोगों की सेंटर मैपिंग 10-12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हो जाएगी जो भी जितने भी कैंडिडेट्स लेफ्ट ओवर ट्रेनिस्ट थे अब उन सभी से की सेंटर मैपिंग हो चुकी है जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है इसमें जो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं सेंट्रल बेस पर टोटल आठ लाख उनतीस ये आल स्टेट्स के कंडिडेट्स हैं अप्रोक्स 8 लाख 8 लाख बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं लेप्ट ओवर ट्रेनिंग के। अब हम देखेंगे इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक स्टेट इस्टेट की पूरी जानकारी दी गई हुई है अब हम देखेंगे सेंटर मैपिंग में किन किन सेंटर्स को एग्ज़ाम के लिए चॉइस किया गया है ये यूपी स्टेट्स की लिस्ट है पूरी मेरे पास में जिसमें कि बैच वन टू थ्री मतलब प्राइडे तीन बैच में एग्ज़ाम होने हैं इसमें टोटल शेड्यूल दे दिया गया हुआ है रीजन स्टेट डिस्टिक मैप वेनू और मैप वेनू एड्रेस और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होना है और कौन सा एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है सारी डिटेल आज की डेट में आ चुकी हैं ये मेरे पास यूपी स्टेट की है तो मैं आपको जानकारी दिए दे रहा हूँ अब यहाँ पे 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट एग्ज़ाम 17 मई को है देखिए सत्रह मई तक का पूरा शड्यूल यहाँ पर आ चुका है किस डेट में कितने बच्चों का एग्ज़ाम होना है अब देखिए यूपी स्टेट्स के टोटल जो एग्ज़ाम होने हैं कितने बच्चों के होने हैं मैं दिखा रहा हूं आपको यूपी स्टेट की टोटल तीन लाख छब्बीस हजार छ सौ छियासी कैंडिडेट्स का एग्जाम होना है 25 अप्रैल से लेकर के 17 मई के बीच में अब सभी कैंडिडेट्स को ये कंफर्म हो गया है कि आपकी एग्जाम दी गई डेट्स के अनुसार ही होंगे और किस डेट्स में होने ही एग्ज़ाम ये भी चीज़ क्लियर हो गई अब आप अपनी अपनी आईटीआई आई से संपर्क कर लें जाके और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें अगर आप लेफ्ट ओवर ट्रेनिस्ट हैं तो ही आपका एग्ज़ाम 25 अप्रैल से स्टार्ट है मे भी नहीं है जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं उनका अलग से टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें